हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आजकल आपको सभी को पता है कि कैसे कोरोना से जूझ रहे हैं हमारे भाई बहन दोस्त यार सब जितने भी हैं हमारे देशवासी और सभी बहुत ज़्यादा चिंतित भी हैं इस दुखद घड़ी में हम सभी को साथ रह के इससे लड़ना है और इसकी सॉल्यूशन जो हैं वो एक दूसरे से शेयर करने हैं तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो कि हमने इसको फील किया है और इससे हमें बहुत फ़ायदा भी पहुंचा है क्योंकि दोस्तों कोरोना ये जो बीमारी है ये सभी को लगभग अपने चपेट में ले रही है धीरे दीर धीरे और इसी से जो है आपको बचना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को घर में रखना है और बाहर की चीज़ों से हमें जो है बचाव रखना है बाहर अगर जाते भी हैं तो हमें मास्क का इस्तेमाल करना है ये तो नॉर्मल चीज़ें आप सभी को पता ही हैं तो दोस्तों मैं आज आपके साथ जो शेयर करूंगी वो बातें हैं ये कि सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने पास इस समय पे ज़रूर ही रखनी हैं। अगर आपके पास नहीं है आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं वहाँ से आप परचेस करके ये रख लीजिए उनमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है दोस्तों थर्मामीटर अगर आप चाहें तो इस तरह का ये कांच वाला भी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो ये डिजिटल वाला जो होता है ये भी परचेस कर सकते हैं और अगर आपके पास पहले से है तो बहुत अच्छी बात है तो दोस्तों अगर आपके पास ये थर्मामीटर नहीं है तो प्लीज़ इसको जल्दी से परचेस कर लीजिए क्योंकि इससे ही आपको पता चलेगा कि आपका जो टेम्परेचर है वो कितना है अगर वो नॉर्मल है बात है और अगर नॉर्मल नहीं है आपको लग रहा है कि आपका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा हाई है तो आप अभी से प्रकॉशंस अपने जो हैं स्टार्ट कर दीजिए और जैसे कि तुलसी के पत्तों का काढ़ा होता है और काली मिर्च लौंग इलायची ये सब चीज़ें अपने खाने में अपने डाइट में ज़रूर ले लीजिए और उसके अलावा दोस्तों दुस, अगर आप ये वाले थर्मामीटर नहीं लेना चाहते हैं आपको कि, ऐसे किसी व्यक्ति का भी टेम्परेचर नापना है जिनको आप टच नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए आप थर्मल गन का भी यूज़ कर सकते हैं थर्मल गन जो आपने देखी होगी हॉस्पिटल वगैरह में सभी के आजकल जो है अवेलेबल है और उसको हम हाथ में ऐसे लेकर के और माथे के आगे ले जा कर फॉरेड के आगे उसको टेम्परेचर जो है उसका रन कर सकते हैं तो फिर दोस्तों आप अगर चाहें तो वो वाला भी परचेज़ कर सकते हैं दूसरी चीज़ जो दो, दोस्तों हमको लेनी है समय पर जो कि हमको रखनी है लेकर के वो है ये ऑक्सीमीटर बोलते हैं दोस्तों इसको पल्स ऑक्सीमीटर और ये भी आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगा और इसका फ़ायदा दोस्तों ये है कि जितनी भी आपकी पल्स रेट है वो आपको इससे पता चलती रहेगी आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है बॉडी में और आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो बैलेंस है भी या नहीं है क्योंकि 93 तक अगर आपको ऑक्सीजन लेवल पहुंच जाता है तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है हमारी बॉडी के लिए और 98 और 99 अगर हमारा है तो बहुत अच्छा रहता है हमारी बॉडी के लिए दोस्तों इस तरह का है ये ऑक्सीमीटर ये और ये ऑनलाइन इजिली आपको मिल जाएगा चाहे आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं चाहे आप अमेज़ोन से जहाँ पर भी आप शॉपिंग करते हैं वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं और इसमें आपको इसको यूज़ कैसे करना है दोस्तों ये जो आपकी फिंगर है इसको इस तरह से यहाँ पे जो ये स्पेस बना हुआ है यहाँ पर हमको इसको लगाना है दोस्तों देखिए इस तरह से हमको ये लगाना है फिंगर को और ये बटन जो दे रखा है इसको हमने ऐसे दबा देना है अभी थोड़ी देर में ये हमारा जो ऑक्सीजन ओक, लेवल है वो ये सारा बता देगा इस तरह से देखिए ये देखिए दोस्तों ये पूरा जितना भी इसमें होगा सब आपको दिख जाएगा इसमें जो हमारा ऑक्सीजन लेवल होगा थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों इसमें तो दोस्तों देख लीजिए ये 99 और ये आपको अच्छे से इसमें दिख रहा होगा आप रीड कर सकते हैं इसको तो इस तरह से आपका जो ऑक्सीजन लेवल होगा वो आपको इसमें इजीली दिख जाएगा तो ये मशीन दोस्तों आपको बहुत ही ज़रूरी परचेस करनी है इस समय इससे आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो पता चलता रहेगा आपको और अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी आपका ऑक्सीजन लेवल लो हो चुका है तो आप अपने जो है आगे के चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि आपका टेम्परेचर थोड़ा हाई है तो आप अभी से दवाई स्टार्ट कर सकते हैं और घर के जो हमारे घरेलू उपचार हैं वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें आपको लेनी है थर्मामीटर और ये ऑक्सीमीटर और तीसरी चीज़ जो है दोस्तों वो है ये नॉर्मल तरीके से नॉर्मल उसमें बेसिक हमारे घरों में ये दोस्तों हम रखते ही हैं झंडूबाम जो होता है इससे क्या फ़ायदा होता है दोस्तों जो हमारे फेफड़े हैं जब हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है या फिर हमें कुछ खांसी या जुखाम ज़्यादा हो जाता है तो इसको हम लगा सकते हैं बहुत आराम से और इससे हमारे जो फेफड़े हैं उनको साँस लेने में बहुत ही हेल्प मिलती है तो इसका भी आप ज़रूर यूज़ कीजिए इसको घर में ज़रूर रखिए क्योंकि समय पर मिलने वाला उपचार ही जो है फर्स्ट एड हमारा काम आता है और इस तरह की चीज़ें आपको घर में ज़रूर रखनी चाहिए तो आज की जो हमारी मेन बात है दोस्तों वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ अब तो दोस्तों हम मैंने फील किया अभी कम से कम तीन या चार दिन पहले की बात है कि मेरे गले में थोड़ा खराश और खांसी वगैरह ज़्यादा होने लगी तो थोड़ा सा डर पना ही रहता है इस समय आपको पता ही है कैसा चल रहा है कोरोना का तो हमने क्या किया एक गिलास में मैंने गरम पानी लिया और गरम पानी में मैंने जो नमक होता है जो हम यूज़ करते हैं अगर आपके पास सेंधा नमक है तो ज़्यादा अच्छा है और अगर आप सेंधा नमक नहीं भी ले रहे हैं तो अगर नॉर्मल नमक भी ले रहे हैं और आपका बी अगर हाई रहता है तो आपको एक चौथा ही लेना है इतना और अगर आपका बीपी जो है वो नॉर्मल रहता है तो आप आधी चम्मच आधी चम्मच से थोड़ा सा कम इतना आप जो है साल्ट ले लीजिए नमक ले लीजिए और उस गर्म पानी में आपको इस तरह से मिला देना है जब आप इन दोनों चीज़ों को मिला लेंगे पानी और नमक को तो जो इसका जो मिश्रण बनेगा उसको आपको वैसे तो नॉर्मल तरीके से लोग बताते हैं कि इसका गलारे करने हैं उससे आपको फ़ायदा मिलेगा तो गलारों से तो फ़ायदा दोस्तों मिलता है लेकिन इतना नहीं मिल रहा है क्योंकि कोरोना में ज़्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को तो आपको ये पानी पी लेना है आपको नमक की क्वांटिटी का ध्यान रखना है नमक आपको ज़्यादा नहीं लेना है अगर आपका बी हाई है तो आप एक चौथा ही नमक ही डालें और आपका बी अगर नॉर्मल है तो आप नमक को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए यानी कि आधी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक उसमें ऐड कर दीजिए और उसको पी लीजिए उसके बाद ही आपको थोड़ी सी देर बाद ही आपको एहसास हो जाएगा कि आपके जो गले में खिच खिच थी आपके गले में जो कफ़ है या फिर कोई खांसी ऐसी है जो कि ठीक नहीं हो रही है उससे आपको आराम से बिल्कुल हेल्प है, हेल्प भी मिलेगी और आपका जो गला है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और आपको खिचखिच -खिच से भी बहुत फ़ायदा मिलेगा तो दोस्तों इस तरह के जो घरेलू उपचार होते हैं बहुत फ़ायदेमंद होते हैं हम लोग करते नहीं हैं हम डॉक्टरों की दवाइयाँ खाना पसंद करते हैं मगर ये सब चीज़ें नहीं करते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज़ें करके देखिए और ये नमक वाला जो मैंने आपको बताया है ये वाला नुस्खा बहुत ही अच्छा है बहुत ही कारगर है और तीन से चार दिन में आपका गला जो है बिल्कुल फ्रेश फ़ील करेगा अगर आप इसको आप दिन में ये काम जो है दो बार कर सकते हैं इस पानी को दो पी सकते हैं तो आई होप कि आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा आपको समझ आया होगा दोस्तों के इस समय पर हम कैसे बच सकते हैं कोरोना महामारी से तो ये सब चीज़ें आप परचेस कर लीजिए अगर नहीं है तो और अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है और ये वाला न जरूर राजमाइए तो आज के लिए इतना ही मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाती रहूँगी तब तक के लिए नमस्कार